के को दो यार बस दे। सही है, सही। बारो भाई कैसे भाई भाई नाइस नाइस ब्रो दिस इज़ वेरी गुड क्या मार रही है भाई सास ले दे मेरे को ये भी हेड गाने ओ भाई क्या चाहते हैं? क्या बात है? क्या बात? टाइम नहीं बचता। ओह, कदरे। लव बर्स्टर। Look at him just running around like, like he's your god. It's like untouchable, moving like a ninja. Christ God is mean car. Camera grenade cap. Ui ma, ui ma, ui ma. Ui ma, go for it. Oh, you need to go by. That affect. Bad ass. Oh, oh, oh, pick the right. I got a full kill. I'm so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 fix it one more one nice nice target mara pura hit right right nice great hit good fight dog nice fight karo je karo cricket देख देख आया आया तेरे तेरे यही जो एए जो अभी नहीं, नहीं। है है है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल को शेयर करें मिलते हैं